आप हैं 2022 आज के करो जो करेंगे तो आपके सामने कैमरा डॉट कॉम का होम पेज ओपन हो जाएगा आपने सिंपल सर्च वाले ऑप्शन में जाकर सर्च करना है जैसे कि आप लोगो सर्च करेंगे आपके चौंतीस हजार लोगो आपके सामने ओपन हो जाएंगे आपने करना क्या है आपने तक स्टाइल में जाके लोगो टिक करना है फ्री में आपने टेक्नोलॉजी टिक करना है प्राइस में आपने फ्री टिक करना है जैसे आप ये टिक करेंगे आपके सामने थोड़ी दिक्कत होगी आपको ये ढूंढने में आपके सामने ये फ्री टैंपलेट्स ओपन हो जाएंगी जैसे देखें ये देखे कितने कमाल कमाल के डिजाइन हैं ये साइन है ये पेड़ है ये यूज नहीं कर सकते अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपका लोगो डाउनलोड नहीं होगा आपकी मेहनत बेकार जाएगी आपने ओनली फ्री यूज़ कर रहे हैं फ्री यूज कर रहे हैं पेड यूज नहीं करने, करने टेक्नोलॉजी के लोगो हैं ये कितने अच्छे अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं लग रहा था सिंपल आपको बचाए अपना टेक्नोलॉजी टेक्ट लोगों सर्च करें सिर्फ डाउनलोड करके इमेज सिम्पल आप अपलोड में देख बहुत अच्छे अच्छे लोगों वैसे आपको मिल जाएंगे फ्री भी लेकिन आपको इधर से अगर नहीं मिलता तो आप सिंपल गूगल के ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं टैक्ट लोगोस नीचे तो तक जाएंगे तमाम तो देखेंगे ये भी पेड़ है ज्यादातर आपको 50 परसेंट आपको पेड़ ही मिलेंगे ये भी पेड़ है जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो पेड़ होते हैं ये एक लोगो मैंने ओपन किया है ये पेड़ नहीं है ये फ्री है ऑस्टन टैग इनबोर्ड इंस्टैक्ट इन आप जैसे आप, आप इधर अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं जैसे मैं लिखता हूं टैग मैं हम हूँ टैग नीचे हम लिख लेते हैं टैग टिप्स 2022 टैग टिप्स 2022 आप इसका थोड़ा कर लीजिए ये हो गया अब आप इसका कलर चेंज कर सकती है ये कलर दे दे अच्छा लग रहा है ये आप इसको कलर दे लें उसके बाद आपने जाना है बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में जा आपने अच्छा सा बैकग्राउंड देखना है आपके लोगों को अच्छा लगे तो यही अच्छा लग रहा है कोई भी लोगों आप इधर से देख सकते हैं जो आपका जिससे आपके लोगों के शान शौकत बढ़ जाए आपको अच्छा सा बैकग्राउंड देखना उसके बाद आपने एलिमेंट्स में जाके सर्च कर देना है टेक्नोलॉजी तो आपके सामने टैक के टेम्पलेट्स एजमेंट ओपन हो जाएंगे ऊपर हो जाता है जैसे ये भी एक है एक ये आ गया एक और भी इस तरह के मतलब टैक में ये बलब यूज हो जाता है मोटू वाला पथलु वाला बलब यूज हो जाता है इधर इस तरह आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इधर फालतू हुई है अपलोड में अगर आप कोई अपनी चीज़ें अगर आप वो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड हो सकती है जैसे अब ये है एक फंडर ये ऑडी तो लॉकर है कोई भी आपकी चीज़ें होगा आपके इधर अपलोड हो सकती है सिंपल ये तो आप इधर फोटोज में जाए इधर आप टैग टैग सर्च कर लें वाले बैकग्राउंड भी आ जाते हैं आपके सामने टैग वाली चीजें आ जाएंगी टैक्स अगर आपने कोई ऐड करना है तो आप सिंपली इधर से टैक्स ऐड कर सकते हैं दे सकते हैं स्टाइल है इसमें हेडिंग के इसमें स्टाइल से एडिंग दे सकते हैं इसमें लिखता हूँ टैक थोड़ा इसको छोटा कर लें सिंपल आप इसको जस्ट कर लें इधर से ये देखें हम अच्छा लग रहा है इस तरह आप कोई भी और आप अपनी मर्जी का इस तरह एलिमेंट्स में जाके सिंपल अगर आप ये देखें ये जो चीज है ये आपने ड्रैग ड्रॉप करनी है इधर आप ये स्किन नीचे लगा दें ये देख लें आप इसका कलर सेलेक्ट कर लें ये सिलेक्ट कर लें अब ये देखें कैसे ये अच्छी लग रही है इस तरह स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टाइल स्टाइल्स आपने ज़रूर ट्राई करना जैसे मैं ये ट्राई करता हूँ शानो शौकत ही बदल जाती है लोगों की कितना अच्छा लग रहा है ये ये देखें बेहतरीन स्टाइल्स आपने हर स्टाइल आपने ट्राई जरूर करना हर स्टाइल ये like ये स्टाइल है जो भी स्टाइल आपको सिंपल आप शेयर पे पे क्लिक करें डाउनलोड डाउनलोड जाके आप आप आप आप से पेज करना है और आप एक पे तो वन के ऊपर क्लिक करेंगे डन करेंगे तो आपका पेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा इस तरह अपने स्टाइल चेक करने है स्टाइल बहुत कमाल कमाल के इधर आपको मिल जाते हैं जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ट्राई करेंगे तो आपको मान लोगों को पसंद आ जाएगा ये थी हमारी आज की वीडियो मैंने आपको इसने बताया कि आप टैक्ट लोगों कैसे ऐड कर सकते हैं थैंक फॉर वाचिंग सब्सक्राइब ज़रूर करना तो बैल आइकोन को भी प्रेस करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में